गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी के मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं" अभियान को निशाने में लेते हुए कहा कि पोस्टर गर्व प्रियंका मौर्य ने अभियान की पोल खोल दी है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी ग्रास रोड तक जाकर काम करती है बाकी दल टीवी और ट्विटर से ही काम चलाते हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है लेकिन बाकी दल टीवी और ट्विटर से ही काम चलाते हैं इस दौरान उन्होंने प्रियंका वाड्रा के मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर तंज कसा और कहा कि प्रियंका वाड्रा के इस अभियान की पोल पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने खोल रख दी है गौरतलब है की कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है प्रदेश में बढ़ रहे कुत्तों के आतंक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुत्तों को पकड़ने का प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया गया है धार जिले के कलेक्टर से बात कर अधिक राशि के लिए भोपाल को लिखने को निर्देश किया गया है पीड़ित परिवार को दस हजार रूपए अनुग्रह राशि के रूप में दिया जा चुका है दस और दिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी देवास जिले की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुजराव लोकसभा सीट के अंतर्गत वहां तो हमारे पूरे प्रदेश में हमारे सभी प्रमुख लोग कल नरेंद्र सिंह जी माननीय प्रहलाद रूट तक जाती है बाकी के दल तो टीवी और ट्विटर और पेपर से काम चलाते है प्रियंका जी ने जिस बिटिया को अपना एम्बेसडर बनाकर लड़की हूँ लड़ सकती हूं का पोस्टर